श्री राम के बिना राम रामी लेते हनुमान के बिना राम रामी लेंगे हनान के बिना श्री राम रामी लेंगे हनुमान के बिना धन हाँ करके हैं प्यारे है और के साथी साथ बनना चाहते हैं कहते हैं कि समझदार के लिए सारा ही काफी होता है ना तो साथी बनना चाहते हैं का से अपने, अपने हाथ खोले के ऊपर एकदम ऊपर क्यों और कहना है क्या कि तो दे पूरा नहीं करती है ना सुनो आप तो, नहीं। तो, नहीं। तो, नहीं। तो, तो